किससे नजर डरिना तुम्हें देखने के बार से नजर डरिना तुम्हें देखने के बार आंखों में तब दीद अब तो बाकी नहीं रहा आंखों में तब दीद अब बाकी नहीं रहा किससे नजर मिला इसे नजर मिला तुम्हें देखने के बाद इससे नजर मिला सारद देव में तो का ये है तराम मेरी निगाह में है सारे दे मतों का ये हैतराम मेरी निगाह में किस किस को सर झुकास को सर झुका तुम्हें देखने के बाद किस से नजर मिला तुम्हें देखने के बाद किस से नजर मिला लूप बस इसी में मजा इसी में है लूफ बस इसी में मजा इसी में है अपना पता न पाम, अपना पता न पुम देखने के बाद इससे नजर मिला हूँ के मेरा एक तू ही है दिलदार प्यार कहना मेरा एक तू ही है दिलदार प्यार कहना झोली कहाँ फैलाऊ झोली कहाँ फैलाऊ तुम्हें देखने के बाद किसने नजर मिला तुम्हें देखने के बाद किससे न डरना प्यारे प्यार तेरा मह फिल्म खींच लाया प्यारे प्यार तेरा मै फिल्म खींच लाया दिल की किसे सुनामा दिल की किसे सुनामा तुम्हें देखने के बाप कितते न डर मिला तुम्हें देखने के बाद बाप कितते डर मिला साहिल पे रुक न जाऊ तुम्हें देखने के बाद साहिल पे रुक न जाओ तुम्हें देखने के बाद सागर में डूब न जाओ सागर में डूब न जाओ तुम्हें देखने के बाद किसते नजर मिलाओ देखने के बाद किस किसते नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद किस किसते नजर मिलाऊं किस किसते नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद किस किसते नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद किस किसते नजर मिलाऊं किसने नजर मिला तुम्हें देखने के बाद किसने नजर मिला तुम्हें देखने